जब मैं मुश्किलों से डरा तो मरा तो नहीं मगर जी भी ना सका जी भी ना सका सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग क्या कहेंगे लोग क्या कहेंगे लोग क्या कहेंगे, कहेंगे, कहेंगे, कहेंगे लोग अपने अंदर की आवाज सुनो अंदर की आवाज अंदर की आवाज क्योंकि जो आप मान लेते हैं आज नहीं तो कल वही आप बन जाते हैं बन जाते हैं बन जाते हैं बन जाते हैं बकवास, बिल्कुल बकवास, मैं नहीं मानता तो। क्योंकि रिस्क नाम की कोई चीज है ही नहीं दुनिया में ही नहीं है ही नहीं है ही नहीं इस दुनिया में ना भागना है ना रुकना है बस चलते रहना पैसे की इंपॉर्टेंट सिर्फ इतनी है जितनी एक गाड़ी में पेट्रोल की होती है ना उससे ज्यादा ना उससे कम यही सोच रहा है ना तू कि वो क्या सोचेंगे घर वाले क्या सोचेंगे तेरी वाइफ क्या सोचेगी दुनिया क्या सोचेगी बढ़िया सोच सर सोच सर आज ना आप सबके अंदर एक भूख है कुछ करने की भूख कुछ बनने की भूख लेकिन एक दिन ऐसा आएगा आपकी जिंदगी में जब आपके पास उससे बहुत ज्यादा होगा जितनी आपकी जरूरत है उस दिन उस दिन अगर कहीं कोई भूखा मिलेगा ना तो उसकी थोड़ी सी मदद कर देना है अच्छा बोलो अच्छा देखो और अच्छा सुनो जब तो भी आपको लोग बोलने लग जाए कि आप पागल हो गए हो तो आप समझ जाओगे आप सही ट्रैक पे ट्रैक्टेड सक्सेस कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम बैड एक्सपीरियंसिस एक्सपीरियंसिस जिंदगी में कभी भी कुछ करना है ना करना है ना तो सच बोल दो सच बोल दो मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा लेकिन मेरे जैसे लाखों लोग और आ जाएंगे सामने कोई और होगा कोई और पागल होगा जो यहाँ पे आकर के कुछ ऐसा कर रहा होगा और ये दुनिया बदलेगी और ये दुनिया बदलेगी क्योंकि ये भी होना आसान है अगर ये दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन हो उसमें कुछ ऐसा कर जाऊ कुछ भी कि जानने के बावजूद भी कि मैं कल सुबह नहीं उठने वाला फिर भी आज रात को चेंसेस हो सकता ये जो मैं अभी कर रहा हूं इस काम को करने के लिए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 चाहे आपके रास्ते में एक मुश्किल आए हजार आए कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे एक आदमी आकर के आपको रोकने की कोशिश करे या एक लाख लोग आकर के आपके सामने खड़े हो जाएं अरे आपको रोकना तो दूर किसी में इतना दमी नहीं होगा कि वो आपको हिला भी सके यू विल ऐसा रास्ता है जिस पर चल करके गारंटी सक्सेस अगर आपके अंदर न्यूं लड़ने की स्पिरिट है लड़ने की स्पिरिट तो अरे जो सोए हो, हो, हो, हो, डरे उठो, आगे सारा पलट जाएगा एक दिन के अंदर दिन अंदर, एक दिन के अंदर अंदर। मेरा मिशन क्या है कि इंडिया के अंदर और इस पूरे वर्ल्ड के अंदर पूरे वर्ल्ड के अंदर अनलिमिटेड कर मान लिया हजार हैं बजे आप नहीं कर पा रहे अरे एक तो पैसे आप कर सकते हो करना ही है तो बड़े से बड़ा करो ना बड़े से बड़ा अरे मिलेगा भाई मिलेगा भाई इतना मिलेगा जितना आप सपने में भी नहीं सोच सकते खिलाड़ी जो बनो खिलाड़ी जो बनो अपने, अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी को बनाओ हम हाँ, उन चीजों की तरफ देखते हैं जो हमारे पास में नहीं है और हम चाहते हैं तो हमारी किस्मत पूरी होती है और जब हम उन चीजों की तरफ देखते हैं जो हमारे पास में है उस मोमेंट में हमारी किस्मत अच्छी होती है जो कर्म आपको अंदर से स्ट्रांग करता है वो अच्छा कर्म है जो अंदर से आपको वीक करता है कमजोर करता है वो सब पूरे कर अभी अगर आप अपने खुद के कमिटमेंट पूरे नहीं कर पा रहे पूरे नहीं कर पा रहे तो किसी और को दिए हुए कमिटमेंट्स आप कैसे करोगे कैसे करोगे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है कि तो आपको, आपको खुद की नजरों में उठना खुद की नजरों में उठना तो जो इंसान खुद की नजरों में, में उठ गया तो दुनिया की नजरों में तो अपने भी उठ जाएगा तो मैं करना चाहता हूं चाहे उसको करने में कितना भी दर्द क्यों ना हो कितना भी दर्द क्यों ना हो उस दर्द को सहने के लिए अगर इस दुनिया में कोई भी काम है तो आप दिल से करना चाहते हो दिल से करना चाहते हो काम को इस दुनिया में एक भी ऐसा इंसान है जो कर रहा है तो आप भी में उस काम को कर सकते हो जा बड़ा है बड़ा है उसकी सक्सेस इतनी बड़ी है चाहो भी तो जिंदगी के खेल में आउट नहीं हो सकते आउट नहीं हो सकते तब तक तक जब आप मैदान को छोड़ नहीं जाते, अंदर से सिर्फ़ एक चीज़ बोलते, बोलते रहना है। मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है अरे कौन रोकेगा आपको भाई आगे, मेरा टाइम गया आपका टाइम शुरू आपका टाइम शुरू